तो जी को करके आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करा रहे मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन भाजपा परिवार में करता हूँ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ अब मैं सीधे आदरणीय उप जी को बुलाता हूँ उनका आशीर्वाद भारत माता की मेरे से नहीं